हेलो वीवेंट मैं जय स्वागत है हार्ट स्टडी पॉइंट में आज की इस वीडियो में देखेंगे अप्रैल मंथ 2021 में जीएसटी का जो रिटर्न फाइल हुआ है मार्च 2021 की तुलना में 14 परसेंट अधिक रहा जबकि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन होना बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल दो में जी में कितने ट्रिलियन की प्राप्ति हुई है तो जो ट्रिलियन की प्राप्ति हुई है वन ट्रिलियन की प्राप्ति हुई है अब यहाँ पे ट्रिलियन क्या होता है तो अगर क्या कहते हैं ट्रिपल जीरो लगता है तो वो होता है हज़ार और ट्रिपल जीरो लगता है तो इसे बिलियन बोलते हैं और ट्रिपल जीरो लगता है तो इसे मिलियन बोलते हैं और इसी में और ट्रिपल जीरो लगता है तो इसे ट्रिलियन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ से कुछ पॉइंट जी से रिलेटेड समझ लेते हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे तो वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जी राजस्व देश में वस्तु और सेवा कर लागू होने के बाद सबसे अधिक है मार्च दो में एकत्र जी राजस्व की तुलना में अप्रैल में लिए गए जीएसटी चौदह परसेंट अधिक रहा मतलब मार्च की तुलना में अप्रैल में जीएसटी जो रहा चौदह परसेंट अधिक रहा ठीक है जीएसटी का प्रकार जो होता है चार प्रकार का होता है एसजीएसटी आईजीएसटी यूजीएसटी सीजीएसटी आई जी यहाँ पर समझते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है ठीक है सी सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है मान लीजिए किसी स्टेट में जी एस टी लग रही है अठारह परसेंट तो इसमें से नौ परसेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और नौ परसेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का अब यू टी क्या होता है तो जो यूनियन टेरीटरी होते हैं जैसे कि दिल्ली लद्दाख तो यहाँ पर यू टी लगती है आई क्या होता है तो आई जो होता है इंटेग्रल जी लगता है जैसे कि कोई माल है आ, गुजरात में बना या मध्य प्रदेश में बना उसकी जो सेलिंग हुई है यूपी में हुई है तो अब जी का बटवारा कैसे होगा तो जीएसटी का बटवारा 18 परसेंट लग रहा है तो 9 परसेंट इसमें यूपी को चला जाएगा और 9 परसेंट चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये हुआ कि माल जहां पर बना गुजरात तो या मध्य प्रदेश में उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ तो वो जो माल बनाएँगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो अपना कॉस्ट प्राइस रखेंगे घाटे पर रखेंगे वो अपना कमीशन वगैरह या जो लेबर चार्ज वगैरह हुआ वो सब काटने के बाद ही वो इंक्लूड करते हैं कॉस्ट प्राइज़ ठीक है तो उनको उससे फ़ायदा हो गया जहाँ पे माल बिका वहाँ पे उनको टैक्स के थ्रू फायदा हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो फायदा होना ही क्योंकि जीएसटी का बंटवारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ पे माल सेल होता है है ना तो अभी तक ये था जीएसटी के पहले कि कैसे हर स्टेट के जीएसटी जो टैक्स होता था अलग होता था क्योंकि हर स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगाते थे तो इसलिए कंपनियां ज़्यादातर मध्य प्रदेश गुजरात ओडिशा में ही अपनी फैक्ट्रियां लगाती थी क्योंकि पहले तो यहाँ पे समुद्र के पास हो जाता था समुद्री व्यापार करने में आसान होता था दूसरा यहाँ पर टैक्स जो लेती थी गवर्नमेंट वो कम लेती थी ठीक है तो इसलिए हर स्टेट की जो जी थी टैक्स था वो अलग अलग था यहाँ से कुछ टॉपिक समझ लेते हैं जीएसटी की शुरुआत एक जुलाई 2018 से किया गया था इसलिए जीएसटी दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी की जो दरें रखी गई हैं पाँच रखी गई हैं जीरो परसेंट पाँच परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट और अट्ठाईस परसेंट ये पूछा गया क्वेश्चन जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा वो फ्रांस है जी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता था जो कि वर्तमान में निर्मला रम, सीतारमन जी हैं जी एस टी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम था जी कौन से संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था 101वां संविधान संशोधन के थ्रू जी को लाया गया था संविधान में अनुच्छेद 279 सेवन ए में जी एस काउंसलिंग को शामिल किया गया है जी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था तो विजय केलकर समिति ने दिया था भारत में जी किस मॉडल पर आधारित है तो भारत में जी जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है जी एस टी यहाँ पर होगा जी एस संख्या कितने अंकों का होता है ये क्वेश्चन यू पी डबल में पूछा गया था तो ये पंद्रह अंकों का होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ये शॉर्ट वीडियो था वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें वीडियो से रिलेट आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर